The American Supreme Court sits about eight to nine days in a month, annually 80 days, and don't sit for three months in a year. The Australian High Court sits about two weeks in a month, annually less than 100 days, no sittings for two months. Singapore sits for one 45 days in a in a year. The UK almost the same as us. The Supreme Court of India sits for about 200 days. हालांकि मैं इस विषय पर कुछ सामान्य जानकारी प्रदान कर सकता हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के केस लोड में समय के साथ बदलाव आया है और किसी मामले की सुनवाई और निर्णय लेने में लगने वाला समय व्यापक रूप से भिन्न हो सकता है कोर्ट की 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार सर्ट्योरिरी जो कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट किसी मामले की सुनवाई के लिए सहमत होता है के लिए याचिका दायर करने से लेकर मौखिक बहस तक का औसत समय एक दिन था मौखिक तर्क से निर्णय तक का औसत समय बानवे दिन था हालांकि ये आंकड़े मामले की जटिलता न्यायालय के डॉकेट पर मामलों की संख्या और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं कनाडा में सुप्रीम कोर्ट में भी विभिन्न मामलों का बोझ है और किसी मामले की सुनवाई और निर्णय लेने में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर कर सकता है न्यायालय की 2019 से 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन दाखिल करने से जो कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एक मामले की सुनवाई के लिए सहमत होता है निर्णय जारी करने का औसत समय ग्यारह दशमलव सात महीने था हालांकि यह आंकड़ा मामले की जटिलता और अन्य कारकों के आधार पर भिन्न हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में उच्च न्यायालय में भी विभिन्न मामलों का बोझ होता है और किसी मामले की सुनवाई और निर्णय लेने में लगने वाला समय कई कारकों पर निर्भर कर सकता है न्यायालय की 2019 से 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए एक आवेदन दाखिल करने से जो कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय एक मामले की सुनवाई के लिए सहमत होता है निर्णय जारी करने का औसत समय पाँच दशमलव तीन महीने था हालांकि यह आंकड़ा मामले की जटिलता और अन्य कारकों के आधार आरोप भिन्न हो सकता है लेकिन भारत में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया रिक्वेस्ट फॉर रीजन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट भारत में न्याय प्रणाली में देरी की आर्थिक लागत पर प्रकाश डालती है रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में न्याय प्रणाली में देरी की लागत सालाना देश के सकल घरेलू उत्पाद का शून्य से एक है सामाजिक रूप से न्याय में देरी व्यक्तियों परिवारों और समुदायों के जीवन को प्रभावित कर सकती है मौलिक अधिकारों संपत्ति विवादों और आपराधिक मामलों से जुड़े मामलों का लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इन मामलों को हल करने में देरी से निराशा चिंता और न्याय प्रणाली में विश्वास की हानि हो सकती है इसके अतिरिक्त महिलाओं बच्चों और सीमांत समुदायों जैसे कमज़ोर समूहों को न्याय में देरी के कारण सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त कानूनी संसाधनों और प्रतिनिधित्व तक पहुंच नहीं हो सकती है